तो हाय फ्रेंड्स आज देखेंगे कुछ नए सेटिंग मोबाइल का तो अबाउट फोन में जाएंगे उसके बाद से इसमें कर्नल वर्जन पर तीन बार क्लिक करेंगे उसके बाद से आपका हार्डवेयर टेस्ट खुल जाएगा इसमें आप कुछ भी चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल का सेटिंग सब कुछ इसमें चेक कर सकते हैं डिस्प्ले एलईडी लाइट या ओ या वाईफाई या कार्ड कैमरा जैसे जैसे सारा इसमें दिया है इसमें चेकअप कर सकते हैं देखिए मैं चेक करके कर आपको दिखा रहा हूँ वाई फाई इसमें सिम टेक गलत बता रहा है मेरा देखिए मैं अपना टच चेक करके कर कर बताता हूँ अभी इस पर टच पर ऐसे ऐसे करेंगे इसको ग्रीन ग्रीन दिखने लगता है करने पर ये रुक के हम टेस्ट कर रहे हैं अभी ये मेरा पास हो गया पास दिखा रहा है टेस्ट ये ग्रीन रेड हो गया ग्रीन हो गया और उसके बाद ये की लाइट चेक हो रहा है जो बटन का की लाइट होता है और ये टॉर्च चेक हो रहा है इसमें दो कलर का टॉर्च चल रहा है मेरे में अब अपने में आप लोग चेक कर सकते हैं कैसा चल रहा है ये वाइब्रेशन मोड है